सम्राट बिम्बिसार हैं हम अगर तू सम्राट है तो अपुन राजा है हा? ये है राजू भाई और यह है संजू भाई अपन बंगाल राजू गोल्ड मैन हमें तुम में रुचि नहीं है उस ध्वनि से कर्णपटल को वेदना हो रही है बंद करो उसे।